तभी ने कहा, भाई खान खान साहब, साहब इसका नाम श्याम है, है, और अगर इसकी इतनी भी फिक्र तो आप ही इसके लिए जूते लाइए बात फिर क्या था दूसरे ही दिन हाँ तो ने श्याम के चरण पाद वे उसी पान वाले ऐसी पूछते हैं जीरे yeah. ने देखा कि यह यह तो तो सचमुच उसने अपना झाड़ते हुए कहा, देखो भाई, यह वाले, यहां तो नहीं मिलेगा। शायद कहीं और में जाए, जाकर किसी दूसरे ऐसी पूछते क्यों नहीं बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर रैपी ऐसी पूछते हैं के सूरत है। बाल है। हाथ गजरा से